दुनिया गिर है यदि आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी हम जानते थे ये सफल होगा और आप असफल हो जाएंगे तो दुनिया बोलेगी हमको तो पहले से दिख रहा था ये असफल होगा दुनिया गिर की तरह रंग बदलती है दुनिया परिणामों के पीछे आती परिणाम दीजिए और परिणाम देने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप की जिम्मेदारी से शुरुआत करनी पड़ेगी बड़ा सवाल लेंगे अपने आप की जिम्मेदारी आज से या फिर से वही बहनों की रजाई ओढ़कर सो जाएंगे लेंगे अपने आप